अगर आप 10th में, टें तो ये वीडियो आपके लिए भाई रिजल्ट आ गया है। क्लास एंड तो तैयार रहिए रिजल्ट के लिए। भाई डरना मत जो होगा वो होगा। अपना हंड्रेड परसेंट दिया ना बस कुछ नहीं है भाई मैं भी टेंथ में हूँ मुझे भी रिजल्ट का टें खुश रहो अपना हंड्रेड परसेंट दिया ना तो बस बेस्ट ऑफ लक